मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं धनु राशि फल के फरवरी माह के राशि फल के इस कार्यक्रम में धनु राशि के जात को फरवरी का यह माह आपके लिए क्या कुछ नया लेकर के आया है आप इस माह को कैसे प्रभावी व दिव्यतम बना सकते हैं इन विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे आगे दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले फरवरी माह के आखिर में प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं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 इक्कीस फरवरी शुक्रवार दिन रहेगा और ओम नमः शिवाय आप लोग बोलिए महाशिवरात्रि रहेगी इक्कीस तारीख को तो आप लोगों को इस दिन व्रत वगैरह रहना रहेगा दर्शकों बाईस और तेईस फरवरी को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है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 पारिवारिक सुख सौहार्द आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है लेकिन एक चीज और बता दे को चपेट आपको वाहन से लग सकती है तो वाहन को सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं आपके कार्यों में सफलता से आपका मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा उच्चाधिकारियों के माध्यम से आपके जो भी काम अभी तक पेंडिंग पड़े हुए थे वो सारी फाइलें आपकी जो है पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है आ, अपने पुरुषार्थ से अपने जो है परिश्रम के बल पे आप किसी नए नौकरी में सरकारी नौकरी में या प्राइवेट सेक्टर की किसी भी जॉब में देखिए आ सकते हैं धनु राशि के जातकों इस माह धार्मिक यात्राएं होने के बड़े योग बन रहे हैं किसी नए स्थान पर जो धनु राशि के जातक हैं धार्मिक यात्राओं पर आप लोग जा सकते हैं वहीं कार्यभार की यदि हम बात करें तो जिस पद पर आप हैं उसके साथ साथ किसी नए चीज का कार्यभार भी आपको संभालने का सुअवसर प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो भी अभी तक आपको अशांति थी ये दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है आ, क्योंकि शनि देव का देखिए 24 तारीख को गोचर हुआ है लेकिन दर्शकों शुक्रदेव का जो गोचर रहेगा ये व्यर्थ के बाद विवादों में आपको जो है डालेगा कोर्ट कचहरी मामलों में आपको थोड़े से प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होंगे आर्थिक स्थिति मंथ के एंड में थोड़ी सी तनावपूर्ण बन सकती है आ, लेकिन कुल मिलाकर के फरवरी का ये माह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आपके करियर को मजबूती देगा आपका व्यापार भी इस माह में बिल्कुल चमकेगा ही चमकेगा इसमें हिब नहीं है विद्यार्थियों के लिए उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा जो कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या उनके जो है इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षाएं वगैरह चल रही हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा फरवरी माह में पारिवारिक जीवन पर यदि नज़र डाली जाए तो परिवार में कुछ स्थितियां कलहपूर्ण बन सकती हैं आपके माताजी का भी स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल हो सकता है और आपके धन का एक हिस्सा आपके माता के स्वास्थ्य पर व्यय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वहीं कोई नया प्रेम संबंध धनु राशि के जातकों का इस माह होता हुआ दिखाई पड़ रहा है शादीशुदा जातकों के दांपत्य जीवन में थोड़ी बहुत चुनौतियां आ सकती हैं संतान उत्पत्ति में कुछ बाधाएं फेस कर सकते हैं आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ये माह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि केतु की उपस्थिति आपकी राशि में है तो इस माह स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ छोटी मोटी दे सकती हैं कुछ आपको जो है मौसम भी चेंज हो रहा है तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है उपाय पर चलते हैं फटाफट राशिफल देखिए दर्शकों बताते हैं फालतू की कोई इधर उधर की चीज़ हम आपको नहीं बता रहे हैं नहीं तो हम भी राशिफल को आधे घंटे का बना सकते हैं तो उपाय पर चलते हैं उपाय आपको करना करना क्या रहेगा तो देखिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीपल के वृक्ष पर आपको जल अर्पित करना रहेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाए मंत्र से साथ ही साथ इस माँ अमावस्या तिथि वाले दिन जो काली सरसों आती है इसका दान आप किसी मजदूर को या लेबर वर्क को जरूर करिएगा हर शनिवार सुंदरकांड का आपको पाठ करना रहेगा क्योंकि शनि की साढ़े साथ का अंतिम चरण चल रहा है अभी ढाई साल आपके ऊपर रहेंगे तो आपको करना ये रहेगा कि शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना चमेली के तेल में पीला सिंदूर डिप करके अच्छे से उसका लेप मिक्सचर कर लीजिए और हनुमान जी को आपको अर्पित करना रहेगा उनको लेप लगाना रहेगा मंगलवार वाले दिन माह में किसी बार किसी भी जो है दिन आप मंगलवार वाले दिन आप हनुमान जी को एक लाल चोला अर्पित कर सकते हैं बुधवार वाले दिन विष्णु सहस का आप लोग पाठ करिए निश्चित ही भगवान विष्णु आपके मार्ग में जो भी रुकावटें हैं उनको दूर करेंगे चलते हैं दर्शकों इस माह के जो शुभ दिवस हैं उनकी ओर तो सबसे ज़्यादा जो शुभ दिवस रहेगा एक तारीख रहेगा तीन तारीख रहेगा आठ तारीख रहेगा पाँच तारीख रहेगा तेरह तारीख रहेगा अट्ठारह तारीख रहेगा तेईस तारीख रहेगा ये आपके लिए सर्वथा शुभ दिवस रहेंगे वहीं प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तो सात तारीख है नौ तारीख है ग्यारह तारीख है पंद्रह तारीख है बीस तारीख है पच्चीस तारीख है अट्ठाईस तारीख है ये प्रतिकूल दिवस रहेंगे वहीं आपका जो भाग्यशाली कलर रहेगा ये येलो रहेगा शुभ अंक पर आ जाते हैं तो अंक नौ और अंक एक आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली अंक रहेंगे इन अंकों का प्रयोग करके आप अपने जीवन में समृद्धता ला सकते हैं दर्शकों धनु राशि के हमने आप लोगों के लिए प्रेम राशिफल इंडिविजुअल बना दिया है कैरियर राशिफल इंडिविजुअल बना दिया है आर्थिक राशिफल इंडिविजुअल बना दिया है राशि का विस्तृत राशिफल 2020 भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है आप लोग जा करके देख सकते हैं कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए और अपनी कुंडली का यदि विश्लेषण करवाना चाहते हैं क्योंकि देखिए लाखों करोड़ों लोगों की धनुराशि होती है तो आप लोग जिस तिथि में आपका जन्म हुआ होगा जिस समय में हुआ होगा जिस स्थान पर हुआ होगा उसके आधार पर एक जन्म कुंडली का निर्माण होता है तो उसके आधार पर आप लोग अपना भविष्यफल जान सकते हैं अपने कुंडली के हिसाब से लकी जेम स्टोन रुद्राक्ष और भी उपाय आप लोग जान सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद